नमस्कार स्वागत अभिनन्दन दिनांक उन्तीस जनवरी दिन बुधवार का राशिफल मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ खास लेकर क्या इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले पंचांग पर आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं पांच अंगों से मिलकर के पंचांग बना होता है और पंचांग के ये पांच अंग है तिथिवार नक्षत्रण यदि इनमें से कोई एक अंग कम हो जाता है तो समझिए कि पंचांग अपूर्ण रहेगा विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर 1941 संबत्त पर धावी नामक संवत्सर बुधवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच पर जितनी भी यह गणनाएं हैं लखनऊ क्षेत्र को मानक मानकर बनाई गई है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह दस बजकर छियालीस मिनट तक की पुराण में आते चतुर्थी तिथि को मूली का सफेदी को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इससे कलंक लगता है यदि आप बेल खा लेंगे तो आपके ऊपर कलंक लग सकता है नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा करण रहेगा विष्टि वरण रहेगा यह रहेगा बालो योग रहेगा शिव शुभ काल पर आ जाते हैं आज आपको यदि कोई कार्य करना होगा तो कोशिश कीजिएगा दो बजे से लेकर के तीन बजकर पंद्रह मिनट तक की आप कार्यों को कर लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी वहीं अशुभ समय पर आते हैं तो राहुकाल बारह बजकर उन्नीस मिनट से एक बजकर उनतालीस मिनट तक की रहेगा राहुकाल में शुभ कार्यों की मनाही रहेगी चंद्रदेव देव बृहस्पति की राशि मीन राशि में चलायमान रहेंगे वहीं सूर्यदेव मकर राशि में चलायमान रहेंगे बुधवार दिन उत्तर दिशा की ओर का दिशाशूल होता है उत्तर दिशा की ओर आपको भूल से भी यात्राएं नहीं करनी है लेकिन यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा इलायची का सेवन पिस्ते का सेवन सफ़ेद तिल का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन पहले दक्षिण की ओर आपको चार पग चलना रहेगा इसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर चलना रहेगा तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में आज क्या कुछ खास रहने वाला है मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है परिवार वालों के साथ समय आज, आज आपका अच्छा व्यतीत होगा आज आप किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं तो आर्थिक लाभ की संभावना बनी रहेगी वहीं आज, आज आपका कुछ धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपको कोई बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देगा प्रोत्साहित करते हुए नजर आएगा इसके साथ ही आज का दिन आपके लिए धन खर्च का दिन लेकर के आया मतलब आज आपके एक्सपेंस बहुत ज्यादा होंगे तो एक्सपेंसेस को अपने आज, आज आपको रोकना रहेगा परिवार में चल रही किसी पुरानी समस्याओं से आज आपको जो है निजात मिलती हुई दिखाई पड़ रही है आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज ओम गंग गणपत नमा मंत्र की एक माला का जाप करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वही वृषभ राशि के जात को कार्यक्षेत्र तो में प्रमोशन व सम्मान आज आप पा सकते हैं आज आपको अपनी मेहनत में थोड़ा सा इजाफा करने की जरूरत रहेगा का कारोबार में भाइयों का सहयोग मिलेगा पिता से वैचारिक मतभेद आज हो सकते हैं छात्रवर्ग के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है कोई कॉन्ट्रैक्ट का, का काम आज आप शुरू कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा दुर्गा जी के बत्तीस नामों का आज आपको जाप करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन जेमिनी मिथुन राशि के जातकों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है किसी सामाजिक कार्य में या किसी से मिलने आज, आज आपको जाना पड़ सकता है आज की ये बात और आप लोगों को बता दें कि जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं इनके लिए कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है कोर्ट कचहरी में लटके हुए केस आपके फेवर में आते हुए दिखाई पड़ रहे स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आज आपको सजग रहने की ज़रूरत है मौसम चेंज हो रहा है तो आपको कोई जो है वायरल इन्फेक्शन इत्यादि हो सकती है वाणी में सौम्यता रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के का आप लोग पाठ करिए और इलायची का सेवन करके तब घर करक अच्छा आई टी फील्ड के लिए आज के दिन बड़ा लाजवाब रहेगा आज राजनीति में कुछ भूचाल आने के योग देखिए बन रहे हैं किसी प्रकार की दुर्घटना कर्क राशि वाले जातकों के साथ हो सकती है तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं एक चीज और बता दें कि आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावट महसूस होगी तो बेहतर होगा कि अपनी सफलता की राह में दूसरों के बीच में ना आने दें तो ज्यादा ठीक रहेगा आज आप सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे पारिवारिक समस्याएं आज आपको कुछ विचलित कुछ परेशान कर सकती है मानसिक असंतोष आज आपके जो है मन में रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज 11 इलायची अपने जेब में रख लीजिएगा और जब भी आपको मन बेचैन लगे आप इलायची का सेवन करिए साथ ही साथ भ्रामरी प्राणायाम चार से पांच बार करिए और गणपति या का आपको पाठ करना रहेगा शुभ कलर रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा साथ ग्रहों के राजा शेरों की राशि हमारे सिंह राशि आती है सूर्यदेव की राशि तो सिंह राशि वालों आज का दिन मिला जुला रहेगा आज आपको ज़्यादातर मिलने वाले समाचार आपके पक्ष में रहेंगे ऑफिस में आज सहकर्मी के साथ किसी बात को लेकर के बहस हो सकती है फिजूल की बातों से बचने की कोशिश की जा सलाह दे रहे हैं आवश्यकता पड़ने पर यदि आज आप बोलें तो बेहतर रहेगा संपत्ति से आय के साधन विकसित हो सकते हैं कोई पुरानी प्रॉपर्टी आज, आज आपकी सेल होती हुई दिखाई पड़ रही है कोई एक्सपेंसिव बिस्कुट इत्यादि भी आज आप लोग खरीद सकते हैं उपाय के तौर पर आज आपको करना क्या रहेगा तो सिंह राशि के जातकों आज भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए साथ ही साथ दुर्गा सप्तती के तृतीय अध्याय का आज, आज आप लोगों को पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ कन्या राशि के जातकों तो कन्या राशि वालों आज किस्मत का साथ आपको मिलेगा कार्यक्षेत्र में रुका हुआ आज आपका सभी कार्य अपूर्ण कार पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज ऑफिस में आपके उच्चाधिकारियों सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और उच्चाधिकारियों से पूर्व में जो गिले सिकवे थे ये आज दूर होते हुए दिखाई दिखाई पड़ रहे हैं आज आज आज विदेश से कोई समाचार की की प्राप्ति होती हुई दिखाई घर में सभी के साथ अच्छा के साथ तालमेल बना रहेगा उपाय तौर पर तो गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिएगा इससे आपका जो है जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर होंगी आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा ये रहेगा नौ तुला राशि वालों दिन तनाव भरा रहने वाला परिस्थितियों में जो है आज उन परिस्थितियों में आप पढ़ने से बचें जिनमें आपको असुविधा महसूस होती है अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें और फिजूल की बातों में ना पढ़ें तो ठीक रहेगा अगर आज आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो आज आप पूरा दिन व्यस्त रहने वाले हैं मानसिक तनाव कुछ बढ़ सकता है मेहनत से सकारात्मक परिणाम आपको जरूर मिलेंगे बिजनेस अच्छा चलेगा आज होने वाली आम्दनी में से कुछ पैसा आप भविष्य के लिए बचा सकते हैं मंदिर के बाहर बैठे लोगों को आज खलों का दान करिएगा साथ ही साथ धर्म स्थान की आज आप लोगों को सफाई करनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जी हां मंगल देव की राशि तो वृश्चिक राशि वालों दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी जीवन साथी से कुछ गुड न्यूज़ आज आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है आज यात्राओं का देखिए योग बन रहा है साथ ही साथ किसी शादी विवाह के समारोह में भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं पुराने दोस्तों से आज, आज आपका मिलना हो सकता है यात्राओं में सावधानी बरती साथ ही साथ आज प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई जो है आपको अच्छी खबर मिल सकती है आपकी पुरानी प्रॉपर्टी आज रीसेल हो सकती है और क्या रहेगा आज तो आज जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा मतलब वो आज यदि कोई एग्जाम्स वगैरह कोई पेपर वगैरह देने जाते हैं तो उनका पेपर इत्यादि क्रैक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है प्राइवेट जॉब में आज आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें सेलेक्ट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो हरे रंग का कोई फूल अपने जेब में रखिएगा हरे रंग का एक रूमाल अपने जेब में रख सकते हैं साथ ही साथ आज गणपति अथर्मशीर्स का आपको तीन बार पाठ करना रहेगा कितनी बार तीन बार तो का पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा रहे रहे रहे आप योजना बनाए और उसे लागू करने के मूड में है तो बड़ो से राय जरूर लीजिएगा नौकरी से जुड़े किसी भी काम में कोई बहुत बड़ा यदि फैसला लेना चाहते हैं तो कई लोगों का आप जो है उसमें Uh, क्या कहते हैं राय वगैरह ले लीजिएगा अन्यथा आज आपको कुछ असफलता मिल सकती है समय शाम तक की अनुकूल होगा किसी कन्फ्यूजन के खत्म होने की आज संभावना बनी रहेगी थोड़ी सी कोशिश कोशिशें आज आप ऊँचे पद पर पहुंच सकते हैं आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा खासकर के जो वृश्चिक राशि के जातक हैं सूचना प्रसारण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इन्हें आज किसी बड़ी संस्था में काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है तरक्की के कई नए मार्ग शाम तक की हल्ला आपके प्रशस्त होंगे खुलेंगे उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग गणेश चालीसा का पाठ करिए ओम गंग गंगा गणपत्या महामंत्र की जो है एक माला आप लोग जरूर करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक दर्शकों देखिए आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए ये सब जो आइकन बने हुए हैं ये प्रयोग करने के लिए बने हुए हैं जैसे यहाँ अंगूठा बना हुआ है लाइक बटन का तो उसको भी आप लोग दबा सकते हैं इन सिम्बलों का आप लोग प्रयोग करके हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं मकर राशि के जातकों लेकिन वार्षिक राशिफल भी आप लोगों का पढ़ चुका है प्रेम राशिफल कैरियर राशिफल आर्थिक राशिफल आप लोग जाकर के प्लीज उसको देख लीजिए मकर राशि के को दिन आज आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपको जिस अवसर की पिछले कई दिनों की तलाश थी वो आज आपके किसी करीबी की मदद से आपको पूरा होता हुआ दिखाई पड़ बिजनेस से संबंधित किसी बड़ी मीटिंग में आज शामिल होने से पहले अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट को समझ के जो है प्रिपेयर होकर के तब जाइएगा आज बॉस को आपसे काफी उम्मीदें रहेंगी हालांकि उन उम्मीदों पर थोड़ा सा आज आप खड़े नहीं उतर पाएंगे ये भी बिल्कुल फैक्ट है सरकारी क्षेत्र में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आज आपको मिल सकता है आज आपके विरोधी आपके ए, मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे लेकिन आपकी किस्मत इतनी बुलंद रहेगी कि वो बाधाओं से आप स्वतः पार हो जाएंगे जीवनसाथी के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा टकराव हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक लव का स्टेचू आप लोग रख सकते हैं साथ ही साथ आज के दिन दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करिए बहुत ही दिव्य और बहुत ही सिद्ध पाठ है इनको करने से आपके जीवन में तो कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार अगली राशि पर चलते हैं क्वाइर्स कुंभ राशि तो डेली हॉरोस्कोप इन हिंदी कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कहता है दिन उत्तम रहने वाला साहब आज का दिन आपके लिए कुछ खास करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट से या जो है आज आप लोग कॉस्मेटिक चीज़ों से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा काम हासिल कर सकते हैं आज का दिन सेल्स वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो लोग ट्रेवल एजेंसी से टूर से जुड़ा हुआ बिजनेस करते हैं या जो लोग ट्रिप एडवाइज़र हैं इनके लिए आज मतलब किस्मत खोल देने का दिन है इतना अच्छा दिन रहेगा लेकिन आज आपका देखिए धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पैसा आज आपका खर्च होगा विदेश यात्राओं का योग बन रहा है आज आपके घर में जो है कोई हॉस्पिटलाइज इत्यादि भी हो सकता है तो इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहना पड़ेगा आपका बजट कुछ असंतुलित हो सकता है खास करके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको ज्यादा परेशानी आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा देखिए आज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए पहली बात दूसरी बात की आज गणेश भगवान का आपको ध्यान करना रहेगा गणपति उसीर से आप पढ़ सकते हैं गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं और ओम गंग गणपत है नहा मंत्र का आप लोग पाठ करिए एक बार इस मंत्र का जाप करिए निश्चित ही आज आपको सफलता मिलेगी और जो भी बाधाएं आने वाली होंगी आपके जो है रिश्तेदारों पर आपके अपने करीबियों पर वो दूर हो जाएंगी निश्चित है भगवान गणेश जी विघ्न हरता है जी हाँ विघ्न मतलब होता है बाधा और हरता मतलब होता है हरने वाला तो विघ्नों को हरने वाले उन भगवान गणेश जी की आज आपको स्तुति करनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए बता देते हैं तो नीला रंग शुभ रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच अंतिम राशि पर चलते हैं अंतिम पड़ाव पर चलते हैं तो मीन राशि के जात को आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा आज आपको कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी साथ ही कार्य क्षेत्र में आज, आज आपका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहेगा आपको आज अपने रहन सहन में बदलाव करने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी नई जगह यदि आज, आज आप लोग जाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल रहेगा जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नई नौकरी का प्रस्ताव आज मिल सकता है कार्य में किसी बात की ज़्यादा जिद ना करें उम्मीद से अधिक आज आपको लाभ मिलेगा यदि जो है आपकी मीन राशि है और कन्याओं की शादी नहीं हो रही है अच्छर आ रही है तो आज का दिन आप कहीं जा करके उनके विवाह को तय कर सकते हैं आज आपके पाल्य जो है विवाह के बंधन में बनते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग आज बन रहा है आज घर में किसी नए मेहमान के आगमन से मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा सप्तशती के सप्तम अष्टम अध्याय का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। नए हैं है, तो चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार